वेलकम टू माय न्यू चैनल तो आप कोलकाता एन का पोस्टर कैसे बना सकते हैं चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट चैनल में लाइक कर देना वीडियो को अंत तक तो देखना पोस्टर लिंक डिस्क्रिप्शन में है शेयर पे क्लिक करेंगे पिक्सेल ऐप में शेयर कर देंगे पिक्सेल ऐप में शेयर करने के बाद इसके साथ करेंगे अभी सही के निशान में क्लिक कर देंगे सही के निशान में क्लिक करने के बाद यहां से इस वा, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहां से इंपोर्ट फोटो में क्लिक करेंगे इंपोर्ट फोटो में क्लिक करने के बाद यहां से एक पी एन जी को ऐड करेंगे इस वाले पी एन जी को ऐड कर लेंगे उसके साइज को फिट कर लेंगे इस साइन सामान में क्लिक कर देंगे और उसके साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। अब फिर इंपोर्ट फोटो में जाएंगे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ से टेस्ट में क्लिक करेंगे टेस्ट एड़ में ओके करने के बाद एड में एडेट में जाएंगे यहाँ से लिख लेंगे आप सभी को चलो जल्दी से लिख लेते हैं वीडियो लंबा नहीं लिख चुका आप इसको डन कर देंगे यहाँ से ओके कर देंगे ओके कर करने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर करेंगे यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे यहाँ से येलो कलर येलो आप अपने हिसाब से कलर को चुन लेना यहाँ से हमें येलो कलर आप अपने हिसाब से सही के निशान में क्लिक कर देंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट में जाएंगे यहाँ से कुछ को, कोई भी फ़ॉन्ट ऐड कर लेना जैसे डन कर देंगे और यहाँ से ऊपर कॉल करेंगे यहाँ से बैकग्राउंड में चले जाएंगे यहाँ इसको इनेबल कर देंगे इसके कलर को रेड रखेंगे रेड रखेंगे और इस रेडियस को फुल कर देंगे यहाँ से इसकी... साइड को थोड़ा बढ़ा देंगे थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ से आप अपने यहाँ ले में जैसे ब्लैक अच्छा लग रहा है तो आप सही के निशान में क्लिक कर देंगे यहाँ से साइडों को थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ उसको येलो कर देंगे सही के निशान में क्लिक कर देंगे और यहाँ से ट जाएंगे यहाँ से टैक्स डी क्लिक करेंगे से भी कर देंगे आप अपने हिसाब से कर लेना सही की क्लिक कर देंगे कहीं भी क्लिक कर देंगे और फिर इस वाले ऑप्शन में चले इम्पोर्ट फोटो में क्लिक करेंगे यहाँ सेलकादा है देंगे थोड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ से कहीं भी कर फिर इंपोर्ट में जाएंगे यहाँ से पेन चुकेट करेंगे यहाँ से इस वाले पेन नहीं चलेंगे यहाँ से की पेन चुकेट कर लेंगे डन कर देंगे कहीं भी लगा देना होली की होली का डेन की दबा देना इम्पोर्ट में जाएंगे यहाँ से हार्दिक शुभकामनाए वाला ऐड करेंगे इसको ऐड कर लेंगे इस तरीके का बना रहे हैं अब यहाँ से इंपोर्ट फोटो में जाएंगे इंपोर्ट फोटो में जाने एल्बम जा, में जाएंगे यहाँ से अपने फोटो चुन लेना अब अपने हिसाब से फोटो को ले लेना आप अपनी फोटो ले लेना सही निशान में कर देंगे छोटा अब में जाएंगे एक पीएनजी पीएनजी करेंगे। करेंगे? करेंगे। करेंगे। इस वाले करेंगे। कैट कर लिया। यहां वाले ऊपर अब से से से से ये ऑप्शन में में जाएंगे, यहां से टेस्ट में क्लिक करेंगे। यहां से में क्लिक एडिट अपने नाम ऐसे हमने इसको डन कर देंगे फिर ओके कर देंगे इसको यहाँ ले आएंगे इसके ऊपर करेंगे साइज में चले जाएंगे साइज को थोड़ा कम करेंगे यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ से कलर वाले मिल जाएंगे यहाँ से इसको ये लोग ग्रीन कलर ऐड करेंगे डन कर देंगे यहाँ से पॉइंट में जाएंगे कोई भी पॉइंट ऐड कर लेना तो फारे। तो फारे। तो फारे कर बाले करेंगे यहां सुपर स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देंगे रन कर देंगे साइडों को थोड़ा बढ़ा देंगे रन कर देंगे यहां से 3D ऑप्शन में क्लिक करें थोड़ी थोड़ी डन कर देंगे फाइनली पोस्टर बन चुका है होली का रहन का अब यहां से फिर टेक्स्ट में क्लिक करेंगे टेक्स्ट में क्लिक करेंगे अब पोस्टर को यहां से सेव कर लेंगे इस में सेव कर लेंगे और सेव इमेज में चले जाएंगे फिर सेव क्लिक करेंगे पोस्टर सेव हो चुका है, पोस्टर को इस तरह का बना है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल मैंने तो सब्सक्राइब कर देना